प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे वार के देव, जो है देवता देव को वा, अंदर जो ईश्वरीय तत्व तो विद्यमान है उनको प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे आप सभी के समक्ष दिनांक छह अप्रैल दो हजार उन्नीस का राशिफल राशिफल प्रस्तुत प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारा चंद्रमा गोचर के के गोचर आधार पर आधारित है और आज इस राशिफल में हम कुछ ऐसे प्रयोग आप लोगों को बताएंगे अंत तक किस प्रोग्राम को बस आपको देखना है कुछ ऐसे प्रयोग रहेंगे की आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कैसे हो इस पर हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े तो मां दुर्गा का ध्यान करते हुए पहले हम ध्यान कर लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रथम शैल पुत्री चा द्वितीय तृतीय चतुर्थ ब्रह्मचार चतुर्थक का सप्तम कालरात्रि महागौरी या अष्टकम नवम सिद्धिदात्रिम चा, चा नव दुर्गा प्रकृतिता तो देखिये दर्शकों जो नवरात्रि होती है और ये रात्रिया होती है विशेष इस समय माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की जो है उपासना की जाती है और तमाम सिद्धियां आपको इसमें प्राप्त होती है क्योंकि भारत के प्राचीन ऋषि मुनि लोग क्या करते थे विशेष अपनी सिद्धियों को जगाते थे तो ये जो अब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 6 से 14 तारीख तक की रहेगी इसमें आप लोग भी कुछ विशेष कर सकते हैं तमाम प्रयोग आज हम बताएंगे कोई अलग से हमने वीडियो नहीं बनाया है इसी राशि में ही प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम संपूर्ण चीजों पर प्रकाश डालें और जो चीज आपको यहां नहीं मिलेगी तो हमारा फेसबुक पेज पेज है आशीष आशीष आप लोग जा करके लाइक करिए वहां आपको तमाम चीजें जो है मिलेंगी देखिए नवरात्रि तो ऐसे वर्ष में चार बार आती है लेकिन दो नवरात्रि गुप्त रहती है और दो नवरात्रि जो रहती है दर्शकों चैत्र मास की हो गई और शारदीय नवरात्रि इसमें जो है दो नवरात्रि का विशेष वो है बाकी दो नवरात्रि गुप्त मानी जाती है तो दर्शकों आप लोग तैयार हो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इस नवरात्रि में नौ दिन में कोशिश कीजिएगा कि नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा और नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक आधार दर्शकों ये है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की चार संधियां हैं जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली जो गोल संधियों में साल के दुख जो है दो मुख्य नवरात्र पड़ते हैं और इस समय एक चीज और बता दे कि रोग जो बैक्टीरिया है इनकी ज्यादा संभावनाए रहती है तो एक चीज और बताना चाहेंगे दर्शकों कि पहले पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि 2075 पहले था विक्रम संबंध अब चेंज हो गया है अब हो गया है दो 2076 और ये जो संवत्सर है प्रयोग होने वाला ये पहले हम विरोधकृत संवत्सर बोलते थे अब जो संवत्सर हो गया है ये परिधावी संवत्सर हो गया है अच्छा इस संवत्सर के बारे में भी आपको हम कुछ जो है प्रकाश डाल देते हैं कि ये संवत्सर क्या है परिधावी नामक जो संवत्सर का फल क्या रहेगा परिधावी नामक का फल ये जो हमारा दो चल दो इसमें क्या रहेगा तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस साल जो है राजा रहेंगे सनी मंत्री रहेंगे सूर्य और शशेष रहेंगे बुद्ध धान्यश रहेंगे चंद्र मेघेश रहेंगे सनी और मेघेश मेघेश फलेश शनि धनेश मंगल दुर्गेश शनि और इस संवत्सर का जो फल होगा इस पर भी कुछ चलिए हम प्रकाश डाल देते हैं और देखिए शास्त्र नियमानुसार नौ संवत्सर का प्रारंभ जो राजा जो है प्रारंभ था राजा का निर्णय चैत्र, चैत्र पड़ता, पड़ता तो हो तो प्रारंभ होने से आगामी वर्ष का संवत्त का राजा जो है शनि होगा और राजा जब शनि होंगे तो इनका वाहन होगा भैसा इसलिए प्रचलित परंपरा के अनुसार दर्शकों हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि तमाम प्रकार की कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक होने वाला है तमाम जो नेता लोग हैं इनमें कुछ क्षति होती हुई नजर आ रही है कई जगह भूकंप आएंगे प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ हो गया इन सब की समस्या देखने को मिलेगी इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहेंगे की इस संवत्सर के मध्य समय में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेगी श्रावण भाद्रपद में कम वर्षा होगी और हो सकता है कि कहीं कहीं अन्न का जो है सूखा पड़ जाए देश में धन धान की वृद्धि होगी लेकिन भय व आशंकाओं से भरा माहौल रहेगा गाय भैंस घोड़ा हाथी आदि इनको पीड़ा और कष्ट रहेगा फल रस जो होता है जूस होता है फल होता है ये पदार्थ महंगे होंगे चांदी पीतल और इन सभी वस्तुओं के जो धातु हैं इनमें जो है गिरावट प्रतीत होती है संवत्सर के आरंभ में परिधि नामक संवत्सर प्रचलित रहेगा लेकिन 10 अप्रैल 2019 हजार के बाद प्रमादी नामक प्रभावी रहने से इस फल का भी संवत्ल में परिलक्षित होगा शास्त्र में जो प्रमादी संवत्सर का फल है तो उसमें कुछ इस प्रकार से वर्णित है देखिए मसालों का उत्पादन होगा गुड़ चीनी इनमें जो है वृद्धि होगी और दलहन की फसलों में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है तो एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों सूर्य ऐसे तो हम बताने लगेंगे तो तीन चार घंटा लग जाएगा लेकिन जो मोटा मोटा रहेगा इस पर हम चलिए प्रकाश डाल देते हैं तो इस बार कुछ युद्ध जैसी परिस्थिति रहेगी धार्मिक कार्य बहुत ज्यादा होंगे एक बात और बताना चाहेंगे कि भूकंप ये भूकंप आपका जो हो गया क्षेत्र ये उत्तराखंड हो गया उधर सिक्किम हो गया और हिमा हिमालय के क्षेत्रों में आएगा हिमाचल प्रदेश में में आ आ सकता है, दिल्ली में सकता है है मतलब दिल्ली भूकंप तो यही सब दर्शकों फल रहेगा और दुर्गा जी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती के अध्याय पाठन से आप अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं तो प्रथम अध्याय यदि आप करते हैं वैसे तो प्रतिदिन सभी अध्यायों को करना चाहिए लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं पहले तो आपको चलिए मुहूर्त बताए दे रहे हैं कि क्या करना है और कैसे भोग वगैरह आपको लगाना है तो कोशिश कीजिएगा दर्शकों मिनट हम बता रहे हैं थोड़ा सा जी हाँ दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो नवरात्रि की पूजा विधि रहेगी क्योंकि गुड़ी पर्वा पर्व भी है तो कलश स्थापना का मुहूर्त जो रहेगा ये चार घंटे सात मिनट तक ही रहेगा सुबह छह उन्नीस से दस बजकर छब्बीस मिनट जो रहेगा इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना में जो है सबसे पहले नहा मंदिर के पास जो है आसन बिछा लीजिएगा माँ दुर्गा की मूर्ति को आप लोगों को आप लोग स्वयं मत स्थापित करिए बल्कि किसी कर्मकांडी को योग कर्मकांडी को बुलाइए क्योंकि साल में दो ही बार आप लोगों को पूजा करना है तो प्लीज आप लोग योग कर्मकांडियों को यदि बुलाते हैं तो ठीक रहेगा और उसके बाद ही जो है आप पूजन करवाइये तो ठीक जो है रहता है और पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर परिधावी संवत्सर है सख्त संबत्त 1940 उत्तरायण है और बसंत ऋतु है चैत मास है शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी प्रतिपता तिथि रहेगी प्रति पता जो उपरांत विष्कुंभ रहें, योग रहेगा और करण रहेगा खिस्तूरन इसके उपरांत बहुत इसके उपरांत बालव करण रहेगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा ये सुबह सात बजकर तेईस मिनट तक की चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे मीन राशि में रहेंगे इसके उपरांत मेष राशि में आ जाएंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो छह बजकर तेरह मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की बात करें तो शाम को छह बजकर पैंतीस मिनट पर सूर्यास्त होगा राहु की काल की बात करते हैं तो जो शनिवार के दिन का राहु काल रहेगा सुबह नौ बजे से लेकर के दस बजकर तीस तक की राहुकाल रहेगा और अगर आपको शुभ कार्यो को करना होगा तो बारह से और बारह मिनट मध्य आप कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि नौ से साढ़े के मध्य कलश स्थापना वगैरह आप लोग मत कीजिएगा हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि प्रतिपदा तिथि को कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए और जो द्वितीय तिथि होती है इसमें कटेरी के फल का दान एवं भच्छा दोनों ही मनाही है दर्शकों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में जिनका जन्म होता है वो व्यक्ति जो रहता है अनैतिक कार्य करने वाला होता है कानून के विरुद्ध जाकर के काम करने वाला रहता है ऐसे लोगों को मांस और मदिरा काफी पसंद होता है भोजन के बहुत ज्यादा शौकीन रहते हैं आम तौर पर इनकी दो कुछ ऐसे लोगों से होती है जिन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और ऐसे लोग गलत कार्य करने वाले रहेंगे तो दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं शनिवार के दिन की यदि हम बात करें दिशाशूल की तो पूर्व दिशा की ओर बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि आवश्यक हो तो अदरक एवं घी खा करके आप यात्रा कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा पांच कदम पहले बाइक चलिएगा पश्चिम दिशा में उसके बाद पूरब दिशा की ओर यात्रा आप लोग करिएगा बढ़ते हैं हम अपनी राशिफल की ओर और, और राशिफल में भी हमारा जो जो हमारी जो राशि आती है पहली राशि आती है मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए ए, कैसा रहेगा आज का दिन लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि नवरात्रि में मां को कौन सा भोग लगाएं तो पहला दिन जो रहेगा तो पहले दिन आप यदि केले का भोग लगाते हैं नौ दिनों के लिए हमने नौ प्रकार के भोग लिख करके रखे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कल माँ को आप लोग केले का भोग लगाइएगा पहले दिन दूसरे दिन दूसरे देसी घी गाय के दूध से बने हुए वस्तुओं का आपको भोग लगाना है तीसरे दिन नमकीन और मक्खन का नमकीन मक्खन का आपको भोग लगाना है और चौथे दिन मिसरी का भोग लगाना है पांचवें दिन खीर या दूध का भोग लगाना है छठे दिन मालपुआ आप लोग बना लीजिएगा सातवें दिन शहद से जो है बना हुआ कोई वस्तुओं का भोग लगाइएगा आठवें दिन गुड़ या नारियल का भोग लगाइएगा और नवे दिन जो रहेगा ये धान का हलवा जो है इसका भोग लगाइएगा कलर में बताए दे रहे हैं कि मां को कौन कौन से कलर नौ दिनों में आप जो है पहना सकते हैं चुंदरी पहना सकते हैं तो पहले दिन जो रहेगा आप लोग कोशिश कीजिएगा हरे कलर का प्रयोग करिएगा दूसरे दिन नीले रंग का प्रयोग करिएगा तीसरे दिन लाल रंग का चौथे दिन नारंगी कलर का पांचवें दिन पीले रंग का और छठे दिन नीले रंग का सातवें दिन बैगनी रंग का आठवें दिन गुलाबी रंग का और नवे दिन गोल्डन कलर का सुनहरे कलर का ये आपको पूजन करना है फिर चाहे आप कन्या पूजन करें तो इस कलर का प्रयोग करें और जो हमने फल बताया है इस फल को भी आप लोग चढ़ा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि मौन अधिक से अधिक रहिएगा यदि कुछ हम टिप्स दिए दे रहे हैं देखिये दुर्गा सप्त का जो प्रथम अध्याय होता है हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए आप प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं यदि आपके घर में मुकदमा चल रहा है झगड़ा चल रहा है और मुकदमे में विजय पाना चाहते हैं तो द्वितीय अध्याय का पाठ आपके लिए लाभदायी रहेगा इसका आप लोग बाकायदा अनुष्ठान करिएगा कर्मकांडी किसी ज्योतिष या पंडित को बुला करके तब करिएगा तृतीय अध्याय जो होता है, हो है अज्ञात भय लगता है तो जो तीसरा अध्याय रहेगा शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए रहेगा अब आप लोग यदि बुजुर्ग हो गए हैं प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो चतुर्थ अध्याय प्रभु की भक्ति शक्ति तथा माता के दर्शन के लिए होता है तो चौथे अध्याय में ईश्वर की भक्ति शक्ति तथा दर्शन मिलती है आपको। और पंचम अध्याय में भी माँ प्रसन्न होकर के कोई वर देंगी कोई आशीर्वाद देंगी छठे अध्याय की बात करें यदि तो आपको डर रहता है यदि आपके ऊपर कोई ऊपरी साया है या किसी कार्य में आपको बाधा आ रही है बार बार आप वो कार्य करना चाहते हैं, नहीं होता है तो छठा अध्याय का आप लोग पाठ करिए इसका हवन करिए कोई विश आपकी नहीं पूरी हो रही है सप्तम अध्याय का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए आपकी विश पूरी होगी अष्टम अध्याय के हम बात करें तो किसी से प्रेम संबंध यदि जो है आपको स्थापित करना है या किसी से आपको जबरदस्ती कोई काम करवाना है या एक भाषा चलती है कि वशीकरण तो आठवा अध्याय जो अष्टम अध्याय होता है ये इसी के लिए होता है नव अध्याय की बात करते हैं तो यदि आपके घर में कोई गुमशुदा हो गया है गुम हो गया कहीं चला गया हो हर प्रकार की कामना पुत्र कामना इसके लिए नव अध्याय का पाठ किया जाता है और जो दशम अध्याय होता है दशम अध्याय अध्याय अध्याय आपको आपको हर प्रकार के सिद्धि देता है। है है वहीं एकादश एकादश जो जो की बात करें, तो जो है अध्याय में आपको सुख, संपत्ति मान लीजिए कि अभी तक आपका घर नहीं है आप हमेशा दुखी रहते हैं पैसे को लेकर के आप चिंतित रहते हैं आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है तो एकादश अध्याय का प्रतिदिन आप लोग पाठ करवाइए इसका दशांश हवन आप लोग करवा लीजिएगा फिर देखिए कितना अच्छा आप लोगों का पूरा वर्ष जाएगा द्वादश अध्याय की बात करें यदि आप लाख काम करते करते थक गए हैं आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो द्वादश अध्याय आप करना स्टार्ट कर दीजिए आपको मान सम्मान मिलेगा और लाभ मिलेगा त्रो जो जो है मतलब अंतिम अध्याय होता है अगर आप बेरोजगार हैं तो तेरवा अध्याय दुर्गा सप्तती का है और बेरोजगार लोगों के लिए बहुत कुछ तेरवा अध्याय लेकर के आया है इसमें देखिए एक मंत्र आता है दुर्गा का है और जो लोग मिलने आते हैं उनको ये हम मंत्र भी बताते हैं और कोशिश कीजिएगा इसका आप लोग तो पाठ करिएगा कि देवी जी इसमें जो है प्रसंग आता है कि माँ दुर्गा जो है आ, राजा को जो है राजा सुरथ को अरदान देती है एवं दिव्या वरम लब्धवा सुरथा क्षत्रिय सभा जन्म तो जाप करना स्टार्ट कर दीजिए और एक से दो वर्षो के भीतर देखिए सडनली आपको कोई चीज नहीं मिलेगी आप मार्केट जाते हैं हम लोग बचपन में जब जो है माता जी पिताजी के साथ जाते थे तो घड़ा रहता था तब तो फ्रिज का समय था नहीं और था भी तब उतना जो है मतलब पैसा भी नहीं था कि फ्री जाए तो माता जी हमारी घड़ा लेती थी तो घड़ा लेते समय वो पानी डाल के चेक करती थी अभी भी जब हम जाते हैं पत्नी के साथ कुछ दीपावली की शॉपिंग वगैरह करने तो वो भी जो मिट्टी के घी आती हैं उसको अच्छे से चेक करती हैं तो घड़े में माता जी पानी डाल के चेक करती थी कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा उसको अच्छे से बजाती थी और ठोकती थी कि कहीं से क्रेक तो नहीं है तो इसी प्रकार ईश्वर जो होते हैं भगवान जो होते हैं ये हम लोगों की जो है भक्ति की भी परीक्षा लेते हैं कुछ लोग इसमें सफल होते हैं कुछ लोग असफल होते हैं छोड़ देते हैं कुछ लोग आज सुबह मोबाइल पे एक मैसेज आया एक रणविजय जी रणंजय जी हैं बनारस के करके उन्होंने कहा हम आपके सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ देखिए जब आप इस मतलब मत से करेंगे कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा ये गलत चीज है ईश्वर की भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से की जाती है वहीं पर दस लोगों का और मैसेज आया कि हमारी ये जॉब लग गई हमारी ये काम था हो गया एक कोरिया से वेद प्रकाश जी हैं उनको हमने कोरल भेजा था मूंगा भेजा था और उनका मैसेज आया अभी तीन अभी आया है तीन महीने हो गया एक बोले कि आपका हमको जबरदस्त लाभ कर रहा है जो जो जो जो चीज हमने हमने सोचा था वो वो हमको हमको फायदा हो रहा, जो जो हमने पूजा पूजा रहा है पूजा पूजा बताई थी कर रहे हैं तो देखिए ऐसा दर्शको नहीं है कि आप हमसे मिलेंगे तो हम आपका भाग्य बदल देंगे इस कोई उससे मत आइएगा प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है और आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं ये समझे क्योंकि हम अगर आपका भाग्य बदल देते तो हम अपना भाग्य खुद ना बदल देते तो कोई ज्योति कोई भी एक्स वाई जितने पे बड़े-बड़े बहुत अच्छे मर्जी तो के के आप उनसे जाइए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है सीधी सी बात और दर्शकों बता बताना चाहेंगे की माँ दुर्गा का यदि आप लोग सच्चंडी वगैरह करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं और प्रथम अध्याय का जो हवन होता है हमने आपको प्रथम अध्याय के बारे में बताया था प्रथम अध्याय का जो हवन होता है कोशिश कीजिएगा कि पान, पान का पत्ता ले लीजिएगा सुपारी दो लौंग दो छोटी इलायची गुगुल इन सब चीजों को रख करके और पूर्ण आहुति आप दीजिएगा जो प्रथम अध्याय का पाठ आप लोग अपने यहां करवा रहे हैं, हैं तो ये हवन जब होगा तो कोशिश कीजिएगा एक पान लीजिएगा उस पर देसी घी में उसको डिप कर लीजिएगा पान को अब उस डिप किए हुए पान को देसी घी में एक कमल गट्टा रखिएगा सुपारी रखिएगा दो लौंग रखिएगा दो छोटी इलायची रखिएगा गुगल रखिएगा सहेद रखिएगा और इन सब चीजों को खड़े होकर के पूर्ण आहुति देनी है द्वितीय अध्याय की यदि हम बात करें तो द्वितीय अध्याय में जो अभी हमने बताया कि प्रथम अध्याय में ये आहूति देनी है इसमें से आप लोग गुगल को निकाल दीजिएगा एक पान लीजिएगा देसी घी में भिगो करके एक कमलगट्टा एक सुपारी दो लौंग दो छोटी इलायची शहद इन सबको करके पूर्ण आहुति आपको देनी है तीसरे अध्याय की बात करें तो तीसरे अध्याय में आपको प्रथम अध्याय की जो हमने सामग्री बताई वो सारी रहेगी और आपको उसमें कमलगट्टे के जो दाने हैं कोशिश कीजिएगा कि उसमें आपको इक्कीस दाने कमलगट्टे के रखने रहेंगे तो ये आपको रहेगा चतुर्थ अध्याय के यदि हम बात करें तो प्रथम अध्याय की सामग्री सारी लेनी है उसके बाद आपको बाद में मिश्री व खीर भी चढ़ाना रहेगा और पंचम अध्याय के यदि हम बात करें तो पंचम अध्याय में कैसे आपको हवन करना है प्रथम अध्याय की सारी चीजें रख लीजिएगा उसमें आप लोग नौ टिकिया पूर कर रख लीजिएगा और एक कोई ॠतुफल लेकर के पूर्ण दीजिएगा छठे अध्याय की यदि हम बात करते हैं जो लोग छठे अध्याय का पाठ कर रहे हैं दर्शकों बहुत लंबा एक प्रोग्राम हो रहा है। एक से का है। तो इसके लिए आप नहीं मिलेगी ना ही हमने कोई भड़काऊ थम्बनेल बनाया ना कुछ जो जो चीजें आती जा रही है हम बोलते जा रहे हैं और सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं छठे अध्याय की यदि हम बात करें तो प्रथम अध्याय की सारी सामग्री रखिएगा और भोजपत्र उस पर जरूर रखिएगा और एक चक्र रख लीजिएगा सातवें अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय का आपको जो हमने सामग्री बताई है स्टार्टिंग में वो करिएगा और दो जायफल जरूर रखिएगा और थोड़ा सा सफेद चंदन और इंद्रज आता है इसको रख करके तब पूर्ण आहुति दीजिएगा वहीं अष्टम अध्याय की यदि हम बात करें तो प्रथम अध्याय की पूरी सामग्री लीजिएगा रितुफल लीजिएगा सफेद मिठाई कुछ सफेद मिठाई आपको उसमें रखना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि उसमें आपको जो है छह जायफल रखने रहेंगे नौ मध्याय की ओर चलते हैं तो प्रथम अध्याय की पूरी सामग्री लेनी है और फिर आपको बेल्ब पत्र लेना है और कोशिश कीजिएगा यदि कहीं गन्ना मिल जाता है तो थोड़ा सा गन्ना आप लोग रख दीजिएगा थोड़ा सा ही रखिएगा काट के गन्ना जरूर रखिएगा वहीं अगर हम दसम अध्याय की बात करते हैं तो प्रथम अध्याय की पूरी सामग्री आपको लेनी है और इसमें आपको गोमती चक्र रखना है थोड़ा सा लाल कलावा डाल दीजिएगा और शहद जरूर डालिएगा ये आपको करना रहेगा और थोड़ा सा कत्था डालिएगा एकादश अध्याय पर आते हैं तो एकादश अध्याय वाले प्रथम अध्याय की सामग्री लीजिएगा द्वितीय अध्याय में जो हमने बताया वो लीजिएगा और एक चीज और बताना चाहेंगे कि मिश्री रख लीजिएगा और यदि हो तो एक होता है जो फूल आता है गुड़हैल का फूल तो गुड़हैल का आप लोग फूल रखिएगा और हो सके तो पलाश भी रख लीजिएगा थोड़ा सा इंद्रजा रखिएगा फिर आपको हवन करना है द्वादश अध्याय के यदि हम बात करें तो द्वादश अध्याय के जो जातक रहेंगे इनको एकादश अध्याय की भांति ही सारी चीजें लेनी है थोड़ा सा उसमें जयफत और हलवा पूरी थोड़ा सा इतना रखना रहेगा और त्रियोदश मतलब जो अंतिम अध्याय है जिसमें हमने बताया था कि आपको नौकरी वगैरह जो है मिल सकती है तमाम चीजें इसमें थी इसमें आप लोगों को करना क्या रहेगा कि इसमें आपको गुड़ रखना रहेगा प्रथम अध्याय की सारी सामग्री और इसमें थोड़ा सा आपको गुड़ रखना रहेगा ये आप कार्य करिए और देखिए कि कितना अच्छा आपका ना तो हमने सभी चीजें लगभग बता दी है प्रयास करके और दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जो दर्शक 19, 20, 21 तारीख को यदि मिलना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आइए मिलिए और इंदौर में और उज्जैन में हमारा आगमन है तो यहाँ पर आप लोग मिल सकते हैं अब चलिए राशिफल पर बढ़ते हैं तो कम समय में जमानत नहीं लेनी है मानसिक रूप से आज आपकी एकाग्रता कम रहेगी शारीरिक स्वास्थ्य आपका कुछ डाउन रहेगा धन संबंधित लेन देन में ध्यान रखिएगा दुर्घटना होने की संभावना है तो संभाल कर रहिएगा कोशिश कीजिएगा की आज आप लोग दुर्गा सप्त का प्रथम अध्याय जरूर पढ़े और सिद्ध कुंज का पाठ जरूर करे। दर्शको के एक दीपक मुख द्वार करें दर्शकों शाम पर अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा वह वृषभ राशि की ओर चलते हैं तो पुराने व बचपन के मित्रों से भेंट के कारण मन में बड़ा आनंद रहेगा नए मित्र आज बनेंगे व्यवसायिक रूप से आज आपका दिन अच्छा है आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है मध्याहन के बाद की स्थिति और अच्छी होने वाली शारीरिक और मानसिक रूप से आज को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है पूंजी निवेश करते हुए आज आपको कुछ सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चरगला का, का पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग पीपल के वृक्ष पे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइए मिथुन राशि शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा मिथुन राशि की ओर चलते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगढ़ की कृपा दृष्टि से आज प्रगति का मार्ग जो रहेगा ये आपका अग्रसर होते जाएंगे में भी रहा है। पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा मध्यान्ह के बाद मित्रों से लाभ होगा किसी सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रहना पड़ेगा आकस्मिक धन लाभ होने की अच्छी संभावना है मिथुन राशि के जातकों को दिख रही है उपाय के तौर पर करना यह रहेगा दुर्गा सप्तती के सातवें अध्याय का तो तो तो कर उच्चाधिकारियों के साथ वाड़ी और व्यवहार में आज आपको संभल कर रहना होगा शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी व्यापार में विघ्न आने की संभावना है और आज आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे आर्थिक उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो आज कर्क राशि के जातकों आप लोग दुर्गा जी को सुहाग की सामग्री भेंट करिए और यदि हो सके तो दुर्गा सप्तती के तीसरे अध्याय का पाठ करिए और शुभ कलर की आपके बात करें तो सिलेडी कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा हमारी जो अगली राशि आती है लियो आती सिंह राशि आती कैसा रहेगा आज का दिन तो स्वास्थ्य आज आपका जो है उतार चढ़ाव भरा रहेगा सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहेगा मानसिक रूप से व्यक्तता रहेगी परिवारजनों के साथ आजकल है कि प्रसंग बनेंगे इष्ट देवता का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता का अनुसरण इन समस्याओं का आज निवारण है यथा संभव अपने उच्च अधिकारियों प्रतिस्पर्धियों के साथ बात विवाद मत करिएगा तो अच्छा रहेगा अन्यथा आप कोई लॉस उठाते हुए हानि उठाते हुए दिख रहे हैं उपाय के तौर पर करना यही रहेगा कि आज प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में आपको जल चढ़ाना रहेगा और दुर्गा सप्तशी को यदि आज आप सफेद चीजों का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की आपके बात करें तो व्हाइट कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा कन्या राशि की ओर बढ़ते कैसा रहेगा आज का दिन तो प्रातः काल का समय मित्रों के साथ घूमने फिरने के लिए ठीक रहेगा खाद और मनोरंजन में आनंद पूर्वक समय बीतेगा भागीदारों के साथ भी आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य कुछ आपको सताएगा विशेष जो है रोग के पीछे खर्च हो सकता है लेकिन खर्च होने से आज आपको चिंता बहुत ज्यादा सताएगी आज यात्राओं का योग बन है धार्मिक यात्राओं का योग है धार्मिक क्रियाओं में आज आपकी संलिप्तता बढ़ेगी कन्या राशि के जात आज आपको उपाय का करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की दशरथ के स्त्रोत का पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती का जो पंचम अध्याय है इसका आप लोग पाठ करें शुभ कलर की बात करें तो नीला रंग आपके लिए शुभ रंग है शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा तुला राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों को तो गृहस्थी जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में रहेगा कोई नया आज आप जॉब मिलता हुआ दिख रहा है स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी वाड़ी पर संयम रखिएगा मध्यान्ह के बाद आपकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन मनोरंजन की तरफ थोड़ी करना रहेगा। और दुर्गा जी को आज आप लोग मेहंदी जरूर चढ़ाइए शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक सात वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ते हैं तो आज मानसिक रूप से आप में के जातक बहुत ज्यादा इमोशनल कूट कुट कर भरा रहेगा विद्यार्थी का आज अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहेंगे कैरियर में कोई नई छलांग लगाते हुए वृश्चिक राशि के जातक देख रहे हैं कल्पना शक्ति साहित्यिक सृजन से आज आप कुछ नवीनता लाएंगे घर के वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग यदि तो अच्छा व्यापारी वर्ग जो कपड़ों से रिलेटेड कर, कर रहे हैं इनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा की पीपल के वृक्ष पर दूध का अर्पण करिए और दुर्गा सप्त का एकादश अध्याय इसका आप लोग पाठ करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो आज आपके लिए रेड कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक आठ धनु राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद विवाद ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं माता का स्वास्थ्य कुछ डाउन रहेगा खराब रहेगा धन और प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना है मध्याहन के होगी। आज कोई सेवन नहीं करना रहेगा और यदि हो सके तो गाय को आज आप कुछ मीठा जरूर खिलाईए शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक तीन मकर राशि कैप्टिकॉर्न आज आवश्यक निर्णय लेने के लिए वैचारिक दृढ़ता और स्थिरता को सर्वप्रथम स्थान देना होगा छोटे से प्रवास का आयोजन हो सकता है भाइयों के साथ संबंधों में निकटता आएगी मध्याह्न के बाद अरुजकर घटनाओं से आज आपका मन अस्वस्थ होता हुआ दिख रहा है मकर राशि के जो जातक रहेंगे इनको आज चोट चपेट लगती हुई दिख रही है तो वहां पूर्वक मकर राशि के जातक चलाएंगे उपाय के तौर पर तो यदि हो सके तो कीलक कवच अर्घला इन स्त्रोत का भी आपको पाठ करना रहेगा कुंभ राशि की ओर आगे बढ़े अच्छा शुभ कलर बता दे नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंग की बात करें तो अंक एक आपका शुभंग रहेगा कुंभ राशि की ओर आगे बढ़े कुंभ राशि के जात को आज अपने क्रोध और अपने वाड़ी पर सितारे संयम रखने की सलाह दे रहे हैं नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा जीवन साथी के साथ बात विवाद हो सकता है मध्याह्न के बाद आज वैचारिक स्थिरता के साथ अपने हाथ में आए हुए कार्यो को पूर्ण कर पाएंगे रचनात्मक अथवा सृजनात्मक क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे और एक बात बताना चाहेंगे की आज यात्राओं का योग बन रहा और ये यात्राएं जो रहेंगी बिजनेस पर्पज से रहेंगी और इन यात्राओं में आपको लाभ होगा उपाय क्या करना रहेगा कुंभ राशि के जातकों को कुंभ राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज अपंग लोगों को विकलांगों को कुछ पका हुआ भोजन खिलाइए और आज आप लोग दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय है इसका आप लोग पाठ करिए और यदि उपवास रह सकते हैं व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा अंतिम राशि राशि राशि आती है मीन मीन कैसा रहेगा मीन के जातकों के लिए आज का दिन तो मानसिक स्वास्थ्य और उत्साही बने रहेंगे नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए अनुकूल समय परिवार जनों के साथ समय समय पर आज आनंद पूर्वक समय बीतेगा धार्मिक कार्यों में आज आपका पैसा अधिक खर्च होगा आज प्रवास या पर्यटन के योग है आज प्रातः काल से यात्राओं का योग रहेगा परंतु मध्याह्न के बाद अपने वाड़ी पर आपको संयोग रखिएगा नहीं तो किसी के साथ विवाद होता हुआ दिख रहा है और ये बात विवाद आगे चलकर के बहुत ज्यादा गहमा गहमी ले कोशिश कीजिएगा की कोर्ट कचेरी के मामलों से आज बिल्कुल भी दूर रहिए क्या तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा आप से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल मीन राशि के जातक उपाय बता देते हैं आज का उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर आज करना यह रहेगा कि आप लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा और दुर्गा सप्तशती का दसम अध्याय इसका आप लोग पाठ करके शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक साथ आपका शुभ अंक रहेगा कुंभ राशि की तरह दर्शकों हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और फिर हम बताना चाह रहे हैं कि जो संवत्सर चेंज हुआ है चूंकि राजा शनि रहेंगे तो कई चीजें रहेंगी नारी शक्ति का इसमें बोलबाला रहेगा हैं कि नारी शक्ति का बोलबाला इस कारण रहेगा क्योंकि धान्य के पद पर चंद्रमा के आसीन होने से सरसों द्वार बाजरा गेहूं और चावल की फसल अच्छी रहेगी दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और चावल के उत्पादन में भी वृद्धि होगी मेघेश पद पर शनि के आसीन होने से नेताओं सक्रिय रहना होगा जनता जवाब मांगेगी नेताओं की परेशानी पर बल पड़ेंगे दवाओं पर अत्यधिक व्यय होगा और कुछ जनता को भी बेचैनी होगी पीड़ा होगी क्योंकि शनि मार्केश भी रहेगा तो दुर्घटनाओं से हानि होगी उत्तर क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप की आशंका रहेगी 30 डिग्री तक की पूर्व व दक्षिणी हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति होगी ये हमारा आप लोग राशिफल कहीं डाउनलोड करके रख लीजिएगा और ये जब जब आ, क्या कहते हैं आपदाएं आएंगी आप लोग देखिएगा पूर्व व दक्षिणी हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति हो सकती है बैसाख से ज्येष्ठ माह के मध्य पश्चिमी राष्ट्रों में कुछ अहित होता हुआ दिख रहा है और भयंकर अहित होगा और एक चीज और बताना चाहेंगे दर्शकों कि हमने आपको बताया था ना कि फलों से रिलेटेड फूलों से रिलेटेड जूस वगैरह परफ्यूम से रिलेटेड इनका कारोबार अच्छा होगा जो आप भी नहीं सुने होंगे फलेश सनी होने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे लोगों की जेब पर इस साल दबाव बहुत ज्यादा रहेगा क्रय क्षमता में विस्तार भी इस वक्त नहीं होगा निवेश में लाभ में जो है को चुकी मंत्री पर मिला है, तो अनाज की पैदावार में वृद्धि होगी व्यापारियों को लाभ मिलेगा लेकिन लूटपाट की घटनाए बहुत ज्यादा होगी सौंदर्य प्रसाद पर ज्यादा खर्च होगा और एक चीज बता दे चूंकि शुक्र के आयस होने से होगा क्या कि फिल्मों को बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है कई ऐसी फिल्में आएंगी जो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ेंगी चांदी में थोड़ी सी गिरावट आएगी इसके बाद तेजी होगी साल के अंत में और वस्त्रों के कारोबार में तेजी आएगी आर्थिक धोखाधड़ी और स्कैम फंसाने वाले रहेंगे इसमें बहुत ज्यादा बोल रहेगा बड़े व्यापारियों की गर्दन जो रहेगी ये कानून के सिकंजे में फंसेगी क्यों जो, जो, नेचर नेचर तो जो लोग जो है लेकर के यहाँ से भगे है पैसा भारत का पैसा उन लोगों का जो गर्दन है और जो इंडिया में भी चोरी करके बैठे हुए कानून के सिकंजे में आएंगे ढेरों बड़ी कंपनियां दिवाली पन की कगार पर आती हुई नजर आ रही कारण इसका देख का तो छटपटाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे और एक चीज बता दें आप लोगों के लिए इस साल इस संवत्सर में कोई गलत अहित काम मत करिएगा न्यथा आप लोगों के साथ बहुत भयंकर कोई दिक्कत हो जाएगी क्योंकि राजा शनि है और न्याय के ग्रह हैं वो उनका उनकी नजर जो रहती रहती है है हर एक चीजों पे रहती है। कई बड़े बिल्डर इस बार जेल में जाते हुए दिख रहे हैं और प्रॉपर्टी के रेट डाउन होंगे गोल्ड गिरेगा सोना गिरेगा ये भी बिल्कुल तय है और पश्चिमी देशों में बाजारों में गिरावट से भारत के पर कुछ समय के के लिए काले बादल उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं फंड में भी भी जो है शेयर शेयर गिरेंगे गिरेंगे सरकारी बैंकों कोई प्रमुख एक चीज फिर हम आपको बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़े राजनीतिक क्या कहते हैं नेताओं का अवसान होगा बीमारी के कारण ये चीजें होनी बिल्कुल तय दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम से कई लोगों के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग जाएगा कुछ लोगों का जो घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनका मिट्टी में मिलेगा एक बात और बताना चाहेंगे चूँकि इस बार के राजा हैं शनि और जो केतु है और शनि है और देखिए बृहस्पति भी अब आ गए हैं केतु भजपता का शनि का जो नेचर है शनि वृद्ध है और जुपिटर की यदि हम बात करें गुरु की बात करें तो गुरु होता ज्ञान का तो कोई ज्ञानी आदमी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होगा आदमी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए अभी तो कुंडलियों का अध्ययन जो है डालना बाकी ही है और इस बार एक चीज और बता दें फिर हम इस चैनल पे कह रहे हैं कि बहुत हद तक की 99% यही संभावना है 99.9% संभावना है की नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और जो एनडीए की सीट्स आएंगी ये भी अब हम आपको आज बताए दे रहे हैं एक बार पुनः बता चुके हैं ये लगभग आएगी 250 से और 320 के बीच में ये आंकड़ा आएगा आप लोग देख लीजिएगा फिर उस दिन हमसे कहिएगा करके अब आप पूछेंगे कैसे आया तो आप लोग आके मिलिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर बताना शुरू करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी तो दर्शकों हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है इस बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंचती रहे एक बात और बताना चाहेंगे कि आप लोग मिल सकते हैं और इंदौर में उज्जैन में उन्नीस बीस इक्कीस तारीख को और शुल्क के साथ ये सुविधा रहेगी जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो लोग करवा सकते हैं बाकी आपकी मर्जी तो दर्शकों जाते जाते आप लोगों से इजाजत लेना चाहते हैं और एक बार फिर जो है माता के जो है श्री चरणों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके और हमारा जो नौ संवर्ष सन दो का प्रथम दिवस है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई कोशिश कीजिएगा कि आज अपने घर के छत पर एक ऊँचा कोई लाल ध्वजा जरूर लगाइएगा और देखिए पताका लगाना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी मेष राशि में प्रवेश करते हैं अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपता के दिन प्रातः काल तो कोशिश कीजिए दर्शकों की हर बात आप लोग अपने छत पर जरूर ये क्रिया करिए कि नया पताका लाइए इस साल और उसको फहराइए जैसे जैसे वो पताका फहरेगी वैसे वैसे जो है समझिए आपकी कीर्ति बढ़ेगी तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे फेसबुक पेज एस्टोबिद असीस को आप लोग जो है ज़रूर जो है जा करके लाइक कर लीजिए क्योंकि तमाम चीज़ें जो यहाँ नहीं बता पाते हैं वो वहाँ पर बताएंगे तो ठीक है दर्शकों दीजिए इजाज़त बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि इतने दिन से इतनी देर से आप हमको सुन रहे हैं और आज हम किसी के जो है फ़ोन का हमने यहाँ पर जवाब भी नहीं दिया तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए जय माता दी माता रानी आप सभी लोगों